अल्लाह अकबर आज हर बतब्त उल्लू उठ के जो है ना साहबा के खिलाफ भोंकना शुरू कर देता है और ये जहर का प्याला पीलेगा बता दूं हजरत मुआविया के मसले में भी सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है ये पीलेगा जहर का प्याला ये नहीं बैठेगा सामने ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं यह बंद कमरे में बैठ मुनाजरे के चैलेंज ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो कोई इस चैलेंज का जवाब दे कोई इस चैलेंज का जवाब दे ऐसे ऐसे दावे जब जवाब देने के लिए आदमी कहता है आओ कहते हैं मुनाजरों से इस्लाम ने क्या किया है ये ये ये बातें करने से इसला, ये इस्लाम खुश होता है इसको एडिट नहीं करना बता रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं आरिफ साहब ये अपलोड होना चाहिए भाई तुम तो मुझे सामने नहीं बिठा सकते तो कम किसी को मैं सवाल पर्ची पे लिख के दे रहा हूं ना तुम किसी बंदे को बताओ कि ये सामने बैठेगा सवाल मुफ्ती तारिक मसूद के होंगे बंदा तुम्हारा अपना होगा मुझे नहीं आने देते बंदे को बिठा दो तो वो सवाल सामने रख के तुमसे पूछ ले इसकी तो इजाजत तो होनी चाहिए ना क्या हो गया भाई यार आप अपना कोई भतीजा भांजा भेजो या अपना कोई भाई भेजो या अपना कोई रिश्तेदार भेजो जिसमें फड्डे का बिल्कुल भी खतरा नौ। भाई मसला ये है ना कि वो कहते हैं कि मुनाजरों में झगड़े होते हैं अरे आपका अपना आदमी होगा सिर्फ सवाल मेरे मेरे होंगे वो सवाल जब वो आपके सामने पड़ेगा तो आपने उसको रिकॉर्ड करके YouTube पे डालना है कितना हल्का कर दिया ना मामला इसके बाद भी कमबख्त अगर तू ये कहता है ना कि मुनाजरों झगड़ा होता है समझ तू तो लोगों को उल्लू बना रहा है बैठ के तू इल्मी किताबी नहीं है तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है जिसका काम जिसको बख्त को बिठाया गया है साहबा के खिलाफ भौंकने के लिए तेरा काम यही है उल्लू बना रहा है लोगों को तराबी के मसले में तबियत से उल्लू बनाया मर्द और, और औरत की नमाज में जो फर्क पर मैंने बयान किया था उसमें तबियत से उल्लू बनाता चला जा रहा है मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा फिर एक और मसला था तरावी का मसला और मर्द और औरत की नमाज में फर्क पर जो मैंने बयान किया था उस मस... अशरफ अली थानवी का जो कलमे का झूठ इसने इल्जाम लगाया उनके ऊपर के उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है उसमें झूठ बोले चले जा रहा है मुसलसल इतना ढीट आदमी इतना ढीठ आदमी कि झूठ बोले चले जा रहे हैं मैं दावे से कहता हूं उन्होंने अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ा एक दफा सामने बैठा दो सामने बैठा दो ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाला नहीं रहेगा झूठ बोल रहे मोहन ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया और इसके चमचे अबू जब इसके खिलाफ बोला जाए ना एक लफ्ज दलाइल से सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो इन तिलों में तेल मेरे भाई नहीं है बिठाओ सामने नहीं बिठाते अपना बंदा भेजो सवाल मैं लिख के दूंगा लेकिन मैं पहले यहां वीडियो पे सवाल रिकॉर्ड करवाऊंगा ताकि उसमें अपने बयान में ये ये चैलेंज का ये जवाब है तो इन जवाब का आपसे क्या चाहिए बोलो भाई जवाब चाहिए तो वो सामने पढ़ दे इनके इसमें कौन सा फट्डा होगा भाई मैं हूंगा ही नहीं सामने मेरा पर्चा होगा सामने ठीक है ना तो हर चीज को घुमाया जा रहा है घुमाया जा रहा है तो ये जो साहबा के खिलाफ अभी कितना अच्छा बिल पास हुआ था तहफुज इस्लाम यही नाम था ना भाई जिन साहबा से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज्व है आप उनके खिलाफ गालियों को अलाव कर रहे हो मुल्क के अंदर बिल में ये था ना कि किसी साहबी को बुरा भला नहीं कह सकते तो उसके खिलाफ आवाज उठाई और वह बिल पास होने से रह गया तो ये हमारी दीनी तनजीमें क्या कर रही है ये क्यों असेंबली में शोर नहीं सब चुपचाप बैठे है दो चार इश्यूज़ हैं जिस पे बस भेड़ बकरियों की तरह आवाम साथ देती है तो उस सब साथ हो जाते हैं तो जो करने के काम है कोई उसकी तरफ तवज्जो बोलो भाई नहीं दे रहा तो कहां से कहां बात चली गई है जब साहबा के बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं ना तो फिर जाहिर है क्या कुर्बानियाँ उन लोगों की भाई